박이야 what's motherfucker gun aap ye dikha carry what the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 चल गई पर बल नहीं गया एक वक्त बदल दिया जज्बात बदल दिए जिंदगी बदल दी लो <laughs> नो नो नो नो, नो। <laughs> ये सब क्या देखना पड़ रहा है पहली फुर्सत में निकाल कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी जहाँ होस्पिटल